हेलो फ्रेंड्स आप लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ तरीके कुछ टिप्स तो चलिए आपको विंडो और आर बटन प्रेस करना है उसके बाद इसमें आपको लिखना है पर, परसेंटेज लगाना है उसके बाद टैंप लिखना है T E M P टैंप लिखना है उसके बाद फिर से परसेंटेज लगाना है आपको उसके बाद इंटर कर देना है देखिए फिर से मैं बता दे इंटर कर देना है देखिए मैं फिर से आपको दिखा देता हूं कैसे किया मैंने आपको विंडो और आर इनको प्रेस करना है उसके बाद इसमें लिखना है परसेंटेज उसके बाद लिखना है टेम उसके बाद परसेंटेज फिन लगाना है उसके बाद इंटर आपको प्रेस कर देना है देखिए यहाँ पे इंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे टेम्परिरी फाइल आ जाएंगी इन सबको आपको सिलेक्ट कर है कंट्रोल ए करेंगे सब सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद इंटर इंटर कर रहा हूँ डिलीट बटन को प्रेस करना है आपको सब डिलीट हो जाएंगे चलिए देखिए सब डिलीट हो गया यहाँ पे कुछ फ़ाइल डिलीट नहीं हुई तो इसे डिलीट करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये जब कंटिन्यू होती है ये अभी अवेलेबल है ये अभी कंटिन्यू यानी कि चल रहा है इसीलिए इसे डिलीट नहीं किया जाता इसे आपको छोड़ देना है इतना दो चार फाइल रह जाएंगी उसके बाद कुरन प्रमाण में जाना है विंडो और आर को प्रेस करना है उसके बाद आपको लिखना है टी आर ई एफ -R -E -E T R F C H परफेक्ट लिखेंगे उसके बाद इंटर आपको कर देना है देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसा इसको कंटिन्यू कर देना है आपको कंटिन्यू कर देने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपको ये सब अननेसेसरी फाइल होती है यानी कि इसकी कोई जरूरत नहीं है जब भी हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं तो ये सब अपने आप बन बन जाती है फाइल होती इसे हम लोगों को कंट्रोल ए करना है सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी डिलीट कर देना है आपको सिर्फ प्रेस करके डिलीट कर देना है सिर्फ प्रेस रखना है उसके बाद डिलीट को प्रेस करना है उसके बाद यहाँ पे यस कर देना है आपको ये देखिए सब डिलीट हो जाएगा एक फाइल रह जाएंगी तो उसे रह रहने दीजिए क्योंकि ये अभी कंटिन्यू है ये फाइल्स कंटिन्यू रहती हैं इसे हम लोग कैंसिल यहाँ से कर देंगे उसके बाद इसका आपको क्लोज कर देना है उसके बाद फिर रंट कमांड में आपको जाना है फ्रंट कमांड में जाने के बाद विंडो और आर प्रेस करेंगे उसके बाद कमांड में जाने के बाद आपको लिखना टैंप टैम्प उसके बाद इंटर प्रेस कर देना है उस यहाँ पे भी फाइल होंगी टेम्प्रोरी इसे कंट्रोल ए सेलेक्ट करके डी डिलीट कर देंगे उसके बाद इसे हम लोग स्किप कर देंगे यहाँ से इसे कैंसिल कर देंगे इससे आपकी कंप्यूटर की स्पीड कुछ तेज़ हो जाएगी इससे आपकी कंप्यूटर की इसी स्पीड बढ़ जाएगी